सोमवार के अलावा बीते मंगलवार को बिजनेस बंद होने के बाद से बी पर अडानी ट्रांसमिशन का शेयर 41.66 दशमलव टूटा है वह अडानी टोटल गैस में उनतालीस प्रतिशत अडानी ग्रीन एनर्जी में 37.55 प्रतिशत और अडानी पोर्ट्स में 23.75 प्रतिशत की गिरावट आई है इसके अलावा ग्रुप की कंपनियां अम्बुजाट के शेयर में 22.77 दशमलव प्रतिशत ए में बीस प्रतिशत अडानी इंटरप्राइजेस में 19.51 प्रतिशत अडानी विल्मर में 14.25 प्रतिशत अडानी पावर में 14.24 प्रतिशत और एनडीटीवी में 14.22 की गिरावट आई है वही गणतंत्र दिवस पर शेयर बाजार बंद रहे गौर करने वाली बात यह है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों की कर्ज और निवेश की वजह से बैंक शेयर और एल के शेयर में भी गिरावट आई है तीन दिन में बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 13 प्रतिशत एस का 10.77 प्रतिशत और एल का 8.9 प्रतिशत टूटा है वही अडानी एंटरप्राइजेस का फॉलो ऑन यानी एफ भी जारी हो चुका है कंपनी इसी के जरिए दो अरब रूपए जुटाने की कोशिश कर रही है लेकिन इस रिपोर्ट की वजह ऐसी एफ को भारी नुकसान हुआ है इस रिपोर्ट की वजह से अडानी की नेटवर्थ पर भी काफी असर पड़ा है चार सितंबर में अडानी की नेटवर्थ 155.7 अरब डॉलर थी सोमवार को नेटवर्थ बयानवे अरब डॉलर रही यानी अंठावन अरब डॉलर की कमी आई है दिसंबर तक दुनिया के टॉप अमीरों में केवल अडानी ऐसे अमीर थे जिनकी संपत्ति में उस साल उछाल आया था पर इस साल जनवरी में टॉप बारह अमीरों की सूची में एकमात्र अडानी है जिनकी संपत्ति अट्ठाईस अरब डॉलर घटी है अडानी अब दुनिया के अमीरों में तीन नंबर से खिसककर कर आठवें नंबर पर आ गए हैं